मयर में स्थित सहारा बैंक में उपभोक्ता और एजेंट के बीच जमकर विवाद हुआ विवाद इतना बड़ा कि दोनों के बीच जमकर चप्पल चली पैसे की मांग करने गए उपभोक्ता को महिला एजेंट ने पहले चप्पल से मारा उसके बाद गुस्साए युवक के परिजनों ने महिला एजेंट की पिटाई लगा दी मामला कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सहारा बैंक का है जहाँ उपभोक्ता और एजेंट के बीच जमकर चप्पलें चली दरअसल पैसे की मांग करने गए उपभोक्ता को महिला एजेंट ने पहले चप्पल से मारा जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने महिला एजेंट को जमकर चप्पलों से पीटा घटना की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गयी इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है बाद में मामला मेहर कोतवाली थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने दोनों पक्ष का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है संगीत की सोलहियों ऐसी सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ो ऐसी नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी ऐसी महलों तक ठेलों ऐसी मेलों तक